जिंदगी अ जिंदगी दे अ जिंदगी नाथों को यूँ छू दे कोई खुशी किस्मत नहीं छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जख्मों से है से को तो थोड़ा सिर पर हर एक पल सह मह क्यों हर लम्हा क्यों है है है डरा समान पे लगता डाप जा le sama kyun haram कुूड़ा करें हम घरों से क्या खुद से हुए अजनबी चलने को आ रास्ता नहीं लाई कहा ज़िंदगी सिकवा चलने को आगे रसद नहीं लाइका देगी आगे तो है सपना नहीं इस भीड़ में कोई अपमान नहीं जख्मों से है सास भरी जख्मों को थोड़ा सिरे देना जीने